हेलो फ्रेंड्स मैं सचिन फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अमेजन का एफिलेटेड लिंक कैसे बनाएं और कैसे उसको शेयर करें तो फ्रेंड उसके लिए आप सबसे पहले गूगल पर जाएंगे, यहाँ लिखेंगे अमेजन एफिलेट सबसे ऊपर वाली लिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स आपको साइन इन करना होगा इसके लिए फ्रेंड्स पहले से आपके पास अमेजन का एफिलेटेड अकाउंट होना चाहिए अब फिर आप यहां पर साइन इन कर लेंगे ये फ्रेंड्स इसमें साइन इन करने के बाद इस तरह से आपका पूरा ओवरव्यू आ जाएगा और इसमें मैं फ्रेंड्स आपको बताता हूँ कहाँ पे आपको उसकी लिंकिंग मिलेगी तो फ्रेंड्स पहले जो होता था ये प्रोडक्ट लिंकिंग वाले ऑप्शन पे आपको उसकी लिंकिंग मिल जाती थी ये प्रोडक्ट लिंकिंग आ रहा है आप प्रोडक्ट लिंकिंग में जाके प्रोडक्ट लिंक को सेलेक्ट करते थे और यहाँ से इसको देखते थे तो हमको यहाँ से लिंकिंग मिल जाती थी लेकिन अभी ऐसा नहीं है यहाँ पर फ्रेंड लेकिन इस प्रोडक्ट लिंकिंग में प्रोडक्ट लिंक पर जाने के बाद ये हमको बता रहा है कि लिंकिंग बनाने के लिए आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा ये अमेजन एसोसिएट साइड स्क्रिप्ट करके गैट लिंक के टेक्स्ट करके इस तरह से साइड स्क्रिप्ट करके इस तरह से आएगा ये हमको बता रहा है ठीक है ठीक है इसके थ्रू नहीं हो रहा फ्रांड ये ऑप्शन ऊपर की तरफ लिखा है इन्होंने कुछ जस्ट लॉन्च मोबाइल गैट लिंक मोबाइल गैट लिंक के लिए टूल टू क्रिएट एसोसिएट लिंक ऑन द गो यहाँ से वो बोलें कि इस पर लिंक पे आप क्लिक करो इसके थ्रू भी लिंक जनरेट कर सकते हैं तो इस पे लिंक पे अगर हम क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से ये यह क्या बता पा रहा है अभी कह रहा है कि हेयर यू विल फाइंड ए डेप्थ आर्टिकल एंड टूटोरियल क्रिएटेड बाई मेम्बर्स ऑफ द अमेजन एसोसिएट कमिटी तो यहाँ भी बता रहा है कि यहाँ पे भी आपको आर्टिकल मिल पाएंगे यहाँ भी आ, हमको प्रोडक्ट के बारे में वो नहीं मिलेगा इतना जैसे कुछ भी लिखा आपने जो भी या मान लो मैंने यहाँ मोबाइल करके लिखा मान लो ये लिखा आपको दिखाता हूँ सर्च करके कि यहाँ पे आपको भी क्या मिल पाएगा अभी फ्रेंड्स यहाँ पे ये कुछ आर्टिकल्स ये सब चीज़ें इस पर मिल रही हैं तो फ्रेंड्स यहाँ भी इस पर नहीं मिल पा रहा है ठीक है अभी फिर फ्रेंड्स कहाँ देखें फिर एक टूल का ऑप्शन है ये टूल का ऑप्शन है टूल में फ्रेंड साइट स्क्रिप्ट करके हैं इस पर क्लिक करते हैं इस पर क्लिक करके आप जाएंगे तो भी फ्रेंड्स यहां पे भी आपको जो दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि इस तरह का इंटरफेस आएगा जब आपको अपना लिंक बनाना होगा तो फ्रेंड्स अभी हम क्या करते हैं आ जाएंगे ये फ्रेंड्स आप होम पे क्लिक करेंगे होम पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप नीचे की तरफ आएंगे नीचे की तरफ आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं ये रिकमेंडेड फॉर यू ये सब आप सेल कर सकते हैं जैसे ये सब चीज़ें आ रही हैं ये आगे और भी आ रहे हैं आप यहाँ से देख सकते हैं ये सब आपके सेल करने के लिए आ रहा है कि आप इनका प्रोडक्ट लिंक बनाइए और इनको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए तो अभी जैसे सपोज हम मान लो इसको हमने यहाँ पे गेट लिंक का ऑप्शन भी आ रहा है सबके आगे सपोज इस गेट लिंक पर आपने क्लिक किया तो फैम गेट लिंक करके ये इस तरह का ऑप्शन आ क्या क्या क्या रहा है क्या कह रहे हैं कस्टोमाइज लिंक आप इस लिंक को कस्टोमाइज कर सकते हैं ये सब चीज़ें बता रहा है ठीक है और ये इसका लिंक नीचे HTML कोड के फॉर्म में ये दिखा रहा है गेट HTML तो फ्रेंड्स ये हम देख पा रहे हैं लिंक बहुत ही ज़्यादा बड़ा लिंक हो रहा है ये सब चीज़ें तो हमको इस तरह से नहीं करना हमको क्या करना है प्रोडक्ट लिंक पे आ गए या हम सीधा होम पे आ गए हम होम वाले टैब पे आ गए और फिर सबसे नीचे की तरफ जाके ये जो फ्रेंड रिकमेंडेड फॉर यू आ रहा था इसमें आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सिलेक्ट कीजिए जैसे ये पेन ड्राइव को सिलेक्ट किया तो फ्रेंड्स जैसे ही हमने यहाँ पे स्पैन ड्राइव को सिलेक्ट किया अभी आप देख पा रहेंगे फ्रेंड्स इसमें क्या हो रहा है जो फ्रेंड्स अभी हमने साइट स्क्रिप्ट करके हम देख रहे थे वो साइट स्क्रिप्ट ये इस तरह से यहाँ शो हो रही है फ्रेंड्स के आगे लिखा है गैटलिंग गैटलिंग का ऑप्शन लिखा है या लिखा है टैक्स या इमेज या फिर आपको टैक्स भी चाहिए और इमेज भी चाहिए इसमें वो फ्रेंड्स आपको बता रहा है कि आपको टैक्स चाहिए इमेज चाहिए या दोनों चीज़ें चाहिए जैसे मान लो हमने लिया टैक्स इस टैक्स पर आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स ये इस पेन ड्राइव का शॉर्ट लिंक आ गया ठीक है फ्रेंड ये शॉर्ट लिंक सेलेक्ट हुआ हुआ है शॉर्ट लिंक आप यहाँ क्लिक करेंगे ये इसका फुल लिंक आ गया तो फ्रेंड फुल लिंक नहीं लेना, आपको शॉर्ट लिंक देना है आप शॉर्ट लिंक पर क्लिक कर दीजिए तो इसका शॉर्ट लिंक आ गया ये आपकी ट्रैकिंग आई है या स्टोर आई है तो फ्रेंड्स ये लिंक आपका जो यहाँ से आ गया है आप इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं ये फ्रेंड ने दिखाया आपको जैसे टैक्स इसी तरह से इमेजेस का इमेज वाला ऑप्शन है ठीक है ये इमेज आ जाएगी और ये इसका नीचे लिंक इस लिंक से ये इमेज भी आ जाएगी उसके साथ और ये टैक्स और इमेजस ठीक है टैक्सट और इमेजस टैक्स प्लस इमेजस ये दोनों के लिए हैं तो मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो हम टैक्स लेते हैं गाइडलिंग में क्या लेंगे हम टैक्स और text में भी फ्रेंड कौन सा वाला है शॉर्ट लिंक आई डी पॉड शॉर्ट लिंक होता है आप फुल लिंक लेंगे ये हो जाएगा आपको शॉर्ट लिंक लेना है शॉर्ट लिंक लिया आपने यहाँ से इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेंगे अब इस लिंक को आपने यहाँ से कॉपी कर लिया है अब फ्रेंड जिसको भी आपको भेजना है आप इस लिंक को यहाँ से कॉपी करके किसी के वाट्सअप पे भेज सकते हैं फेसबुक पे भेज सकते हैं तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आपका लिंक यहाँ से बन गया है और इस लिंक को अगर आप कहीं शेयर करते हैं और इस लिंक के थ्रू अगर कोई इस प्रोडक्ट को सेल कर देता है या फिर इस लिंक के थ्रू जाके अमेज़न पे कोई और प्रोडक्ट भी सेल कर लेता है तो फ्रेंड्स उससे आपका कमीशन मिलेगा आपको और फ्रेंड्स ये अमेज़न 100% कमीशन प्रोवाइड करती है और इस तरह से फ्रेंड्स को आप कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए इससे रिलेटेड फ्रेंड कोई भी क्वेरी हो कोई भी कमेंट हो आप मेरे को बताइए मैं आपको रिप्लाई करूँगा और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू